ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गई से वृंदावन की गलियों में ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों वन की गलियों में बरसाने की गलियों में ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में वृंदावन की गलियों में बरसा लेकिन अब क्या कर सकते हैं क्योंकि जो होना था सो जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों दिल दीवाना हो गया वृंदावन गलियों में ऐसे नहीं दोनों हाथों से ताली की सेवा करते प्रेम से बाकी बिहारी लाल मेरा दिल दीवाना मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में सावन की मस्त बहारे यहाँ रिब जिम पड़े फारे सावन की मस्त बहारे यहाँ रिबिप पड़े फहारे ओ सावन की बहारे यारे बजम पड़े बुहारे कस्त बहारे यार मुझे पड़े हो तो, मन वंशी की धुन में ओ मनवंशी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में धुन में खो गया गाय बन की गलियों ओ मनवंशी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों बरसाने की गलियों में तावन की गलियों में बरसाने की गलियों में हो वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में तावन की गलियों में गाइए हो मेरा दिल दीवाना मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों अच्छा ये तो बताओ मुझे कि फगवाड़े के भक्तों का दिल दीवाना हुआ या नहीं हुआ अभी मैं आप लोगों को बाकी बिहारी का दीवाना ही तो बनाने आया हूं क्योंकि संसार में तो हम देखते हैं ना जो भक्ति करता है उसको लोग पागल बोलते हैं जो किसी की शादी में शराब पी के घोड़ी के सामने नाचता है उसको कोई पागल नहीं बोलता लेकिन जो कथा में नाचता है ताली बजाता है उसको लोग पागल बोलते हैं कि ये तो पागल है पर कोई बात नहीं चिंता मत करना इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्षे हैं हमें पागल ही रहने दो हम तो पागल ही अच्छे हैं ओ मेरा दिल दीवाना मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में दीवाना हो गया की गलियों ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में पीछे वाले भी दौरा पूछा हाँ, करता लिखी सेवा करते हुए श्री राम ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृद्धावन की गलियों में मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले ओ मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले चित्त चुरा के मेरा चित्त चुरा के वो गया वृंदावन की, की गलियों में चुरा के हो जाओ वृंदावन की गलियों में ओ मेरा चित्त चुरा के बो गया वृंदावन की गलियों में औ, चित चुरा के हो गया वृंदावन की गलियों में ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में ने की गलियों में गलियों में गाइए हो मेरा दिल दीवाना मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में तो तो तो। मेरा दिल हो गया ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों चित्त चुराकर तो ले गए बांके बिहारी लेकिन वो आए कब मिले कब राधे का ध्यान लगाया तो मेरा बांके बिहारी आया राधे का ध्यान लगाया मेरा बांके बिहारी आया, बिहारिया राधे का ध्यान लगाया मेरा बांके बिहारी आया राधे संग दर्शन हो राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में राधे संग दर्शन हो गए वृंदावन की गलियों ओ राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में है वृंदावन की गलियों में वृंदावन की, की, की गलियों में बरसाने की गलियों में वृंदावन की गलियों में रहो मेरा दिल दीवाना वर्षाने की गलियों में तो की गलियों में बर ओ वृंदावन की गलियों में वर्षाने की गलियों में लेकिन अब क्या करें की की जो ओ था सो जो ओ था सो हो गया वृंदावन की गलियों में ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना दीवाना हो हो गया गया की की गलियों गलियों में में आज प्रहलाद जी मस्ती में डूबे हुए हैं और भाव से पुकार रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि हे बांके बिहारी कब आओगे दर्शन देने कभी तो आओ मनो प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरे प्रभु को क्या कि आज शम वे सौ तेन प्यार दी आज सौ तेन प्यारे सौ तेन प्यार दी आजा आजावेन ओ आजम वे सौ प्यार दी आजा प्यार ओ तू की जाने कि तू की जाने की जानेजमे सौ तेन प्यार दी अजमे हो अज छमे सौ तेन प्यार दी आजा वे ऐसे नहीं प्यार दी दी दे। देखो भाव से बुलाओगे तभी मेरे बाके आएंगे यदि चाहते हो कि लाला कन्हैया बालकृष्ण हमारे बीच में जल्दी आए हम जल्दी नंदोत्सव मनाए तो सबको दिल से बुलाना पड़ेगा प्रभु को हाँ तभी आएंगे ओ, समे सौ तेन प्यार दी सौ तेन प्यारू की जाने किवें गुजरी तू तू की जाने किवें गुजरी खड़िया इंतजार दी हा अजमे सौ तेन प्यार दी अज तेन प्यारिया जान राती सुफने दे आ गए बापे बिहारी एक दिन राफने दे बा बिहारी ओ मोर मुट मते तिलक बिराने मुंडला भी छवी नारी और तिलक विट तो अंब कौन के देख लागी अंब कौन के मे खागी खोल के, मैं लागी। के, लागी। के लागी। रह गई बाजा दी ओ राजा शामी दस मे प्यार दी, दीशमे सौत न प्यार दी ओ तू की जाने की वे गुजरी तू की जाने की गुजरी, तू की जाने की की गुजरी, किसरी खड़िया है इंतज़ार दी जशमवे सौ तेनु प्यार दियामे सौन प्यार हो जशम वे सौ तेन प्यार दियाम वे सौ तेन प्यारी हो डर दी मारी अपना खोला सुपना ना बन जावे डर दी मारी अपना खोला सुपना ना बन जाओ अखना हो रहा सुपना ना बन जावे डर दरली भाई अखना हो रहा ना क्योंकि मुश्किल नाल शाम घर आया किधरों ना चल जावे मुश्किल नाल शाम घर आया किधरों ना चल जावे दर्शन दी प्यासी अपनिया दर्शन दी ओ अपनिया दर्शन दी प्यासी दर्शन और प्यास तेरे दीदार भी दी, ओ अज छम वे सौतन प्यार भी अज छम आए हो तो, अ छम वे सौतन प्यारवी अज छम वे kaiye ho hai jashan mein sone ko pyar di ajasham mein sone ko pyar di ho ajasham mein